हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग आई होप यू आर गुड गाइस आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्मोकिंग आप कोर्ट पे बहुत बहुत स्वागत है तो गाइस आज हम जानेंगे आइडेंटिफायर के बारे में गाइस आज की हमारी पाइथन सीरीज की ये फर्स्ट टॉपिक है जो, जो हम जानेंगे व्हाट इज आइडेंटिफायर इन पाइथन गाइज पाइथन में हमारा आइडेंटिफायर क्या होता है तो पाइथन आइडेंटिफायर इज ए नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल फंक्शन क्लास मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट भाई इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा आइडेंटिफायर होता है पाइथन में ये हमारा ये हमारे वेरिएबल फंक्शन क्लास या अदर ऑब्जेक्ट के नेम को पहचानने के लिए मतलब यूज किया जाता है था। मतलब जो हमारा आइडेंटिफायर होता है ये एक तरह का नाम होता है भाई आइडेंटिफायर इसके अलावा और कुछ नहीं होता है पाइथन के गैज जो हमारा पाइथन होता है ना ये होता है। मतलब की हमने जैसे एप्पल लिखा और में लिखा, तो गैज यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटा लेटर का एप्पल है और स्मॉल लेटर का एप्पल ये दोनों सेम नहीं है ये बिल्कुल अलग अलग है कीवर्ड कैन नॉट बी यूजिंग आइडेंटिफायर गैज जो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं इसमें की का हम प्रयोग नहीं करते हैं मतलब आइडेंटिफायर हम किसी भी वेरिएबल का नाम कोई कीबर्ड नहीं ले सकते हैं गाइस अभी हम सबसे पहले अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा कीबोर्ड क्या होता है अभी हम आइडेंटिफायर के बारे में जान लेते हैं चलिए एक बार और जानते हैं गाइस आइडेंटिफायर जो होता है हमारा एक सिंपल सा नाम होता है जिसका प्रयोग हम अपने वेरिएबल फंक्शन क्लास मॉड्यूल आदि मतलब इन सब चीजों का मतलब इन सब चीज को पहचानने के लिए करते हैं चलिए चलिए हम जानते हैं हैं हैं कीवर्ड क्या होता है हमारे हमारे प्रोग्रामिंग में तो देखते कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं, उसके पास ना थर्टी थ्री की होते हैं आल पाइथन आर इन लोअर केस सॉरी सॉरी आल कीवर्ड्स आर इन लोअर केस जो गाय जो हमारे सारे कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे लोअर केस में होते हैं बस दो या को तीन को छोड़कर भाई देखिए यहाँ हम तीन कीवर्ड्स ऐसे लिख रखे हैं जो कि हमारे सिर्फ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं लेकिन बाकी सारे जो भी कीवर्ड होते हैं वो हमारे स्माल लेटर में ही होते हैं यानी लोअर केश में होते हैं कीवर्ड इज ए प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं होते है. इसको हमें अलग से बनाने या इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती यही प्रीडिफाइन का मतलब होता है hmm. तो गाइज देखिये हमने यहाँ पाइथन की जितने भी मतलब कीवर्ड होते हैं इन सारों को यहाँ एक लिस्ट के मतलब माध्यम से यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर रखा है मतलब लिख रखा है गाइस हम एक बार और कीवर्ड को जान लेते हैं जो हमारे पाइथन होता है उसमें थर्टी कीवर्ड्स होते हैं और जो जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं बस ये तीन कीवर्ड को छोड़कर फ़ाल्स नॉन और ट्रू को छोड़ बाकी जितने भी हमारे की होते हैं ये हमारे लोअर केश में होते हैं गए जो हमारे की होते हैं ये एक प्रीडिफाइन फंक्शन होते हैं का मतलब ये होता है कैसे प्रिंट करेंगे अपने पाइथन के प्रोग्राम में गैज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है इसको आप ध्यान से देखिएगा मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने मतलब जितने भी सारे कीवर्ड हैं हमें की वर्ड है इसको हमें लिखना ना पड़े हम इसको अपने प्रोग्राम के माध्यम से इसको हम क्या करें एक ही बार में प्रिंट कर ले जैसा कि गाइज हमने बताया आपको कि जो भी हमारे कीवर्ड होते हैं ये पहले से पूरी डिफाइन होते हैं मतलब हमारे पाइथन की लाइब्रेरी में होते हैं तो क्या हम इसको चेक तो कर सकते हैं ना एक बार की क्या जितने की जितने हमारे की वर्ड हम पाइथन की जो भी हम मतलब पाइथन हम इसको खोज पा रहे हैं कि नहीं तो देखिए डब्ल्यू लिस्ट मतलब हम लिखेंगे की वर्ड डाट के डब्लू लिस्ट जो हमारे पाइथन फंक्शन के अंदर होगा तो गाई सबसे पहले हम चलिए इसको मतलब प्रिंट कर हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते है कि क्या यह हम प्रिंट हो पा रहा है या नहीं तो गाय चलिए देखते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने रेपलेट को खोल लेते हैं तो जैसे कि मैंने अपने रेपलेट को खोल लिया है अब हम देखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड आई एन पी ओ आर टी इंपोर्ट कीवर्ड के ई की वर्ड देखिए हमारे यहाँ कीवर्ड आ चुका है हम पर क्लिक कर लेंगे हमारे यहाँ की हो चुका है अब हमें की के लिस्ट को प्रिंट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे ई एन टी प्रिंट प्रिंट print keyword k e w k e वाई w o r d क्यूवर्ड डाट के डब्लू एल आई एस टी गाइज बस मैंने हमें इतना ही लिखना था हम लिख दिए अब हम इसको रन करेंगे अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं गाइस हमारा फॉल्स क्यों आ गया नॉन ट्रू एंड ऐसा ये क्या हो गया गाइस देखिए जितने भी हमारे कीवर्ड होते हैं ये सारे हमारे यहाँ प्रिंट हो चुके हैं गाइस देखिए मैं सबसे पहले मेरा फॉल्स होता है सेकेंड हमारा नन होता है उसके बाद से ट्रू होता है एंड होता है एज होता है ऐसे करके हमारे ये जितने भी थर्टी थ्री की ये हमारे प्रिंट हो चुके हैं तो गाइज हमने इस वीडियो में ये देखा कि हम अपने की को कैसे प्रिंट करते हैं उसके बाद से हमारे आइडेंटिफायर क्या होते हैं आइडेंटिफायर के बारे में जाना तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू